तो साथियों मैं आज यह वीडियो पूरी तरह से यूपीएसआई कैंडिडेट के लिए बनाना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने यूपी पुलिस यूपीएसआई में एग्जाम दिया था उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि दोस्तों आपने कितनी मेहनत से इसमें तैयारी की थी आपने क्या क्या किया था क्या क्या त्याग किया था कितनी मेहनत की थी कितने रात जगह थे उन सब बहुत महत्व है साथियों और ऐसे ही जिन लोगों ने इसमें सफलता ली है उनका भी बहुत ही महत्व है इस भर्ती में भर्ती होने का आज वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट करके मेडिकल का इंतजार कर रहे हैं ऐसे में कुछ लोग उस भर्ती को मतलब मानता हूं कि थोड़ा बहुत मतलब उसमें धांधली हुई है कुछ बच्चे गलत तरीके से उसमें सिलेक्शन लिए है लेकिन दोस्तों अगर कहीं आप देखें ये बात बताइए कि अगर उन बच्चों का क्या होगा जिन बच्चों ने इसमें बहुत ही मेहनत से तैयारी की थी और इसमें सफलता ली है तो उन बच्चों का इसमें क्या दोष तो है बताइए यदि उनकी जगह पे आप होते तो आप क्या करते हैं मैं तो दोस्तों बस आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि यदि आपका सलेक्शन हो गया होता और यूपीएसआई में आपका सिलेक्शन होने के बावजूद लोग उस पर ऐसे ब्लेम करते हैं और यह बात बार बार कहते हैं कि भर्ती निरस्त हो जाएगी मैं आपसे आपको बताना चाहता हूं कि एक बार किसी भी आपके दोस्त का सिलेक्शन हुआ है उससे जाके पूछ सकते हैं तो आप देखेंगे कि उसका दर्द क्या होगा दोस्तों यूपीएसआई कोई पोस्ट नहीं है दोस्तों ये इमोशंस है मैं तो यही जानता हूँ मेरी तैयारी तो दोस्तों इमोशंस से जुड़ी हुई थी कि मुझे तो बस बनना है तो उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बनना है मैं जब ये भर्ती देख रहा था यूपीएसआई के लिए ही तैयारी कर रहा था मैं जब से मतलब इंटर पास आउट हुआ हूँ कि मैं ऐसा ही बनूंगा क्योंकि मेरा बेस इतना मजबूत नहीं था दोस्तों मैंने सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ है और मुझे लगता था कि मैं दरोगा तो आसानी से बन जाऊंगा ऐसी तैयारी मैंने की हुई थी फिलहाल दोस्तों में तैयारी देख था दौड़ रहा था वेकेंसी आई और वेकेंसी में इसमें पहली पहली वैकेंसी में मेरा सलेक्शन हो गया तो ये दोस्तों इसके लिए तो मैंने कोई टारगेट नहीं बनाया था कि मुझे इसी में होना है शायद आप लोग भी देखते होंगे मतलब इसी तरह से आप लोग भी भर्ती होंगे लेकिन कोई एक पोस्ट आपकी चाहत होगी कि जो जैसे किसी को आई बनना है पीसीएस बनना है लेकिन मुझे दोस्तों दरोगा ही बनना था फिलहाल मैं बन नहीं पाया अगली भर्ती का इंतजार कर रहा हूं जब भी आएगी मैं उसका एग्जाम दूंगा और ईश्वर ने चाह तो सलेक्शन भी लूंगा अगर मैंने उसके लिए पूरा काबिल हूं और पूरी मेहनत की हुई है अगर नहीं काबिल हूं तो उस बार भी मेरा सलेक्शन नहीं होगा तो साथियों मैं आशा करता हूं कि आप मुझे बेस्ट विशेष जरूर देंगे तो साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए धन्यवाद जय हिंद साथियों